सांवरे मेरा तुम हम सपे सना कोई जहां में तो दर्द ये जहाद सुना कहा में दर्द तुम कोई में, तो दर्द ये अब भटका हू साव रे तू ठिकाना जादू अब कोई तू दिखाना तेरा विश्ववास है ये तेरी रहमतें ये होगी कभी भी ना बेअसर हो बनो सांरे मेरा तुम हम सफल फल हम रहे हैं लड़खड़ाते मगर चल रहे हैं है। मंजिल है। का दो पता अब हमें सांबरे बन मिलो अब मेरी राह में तेरी रोशनी से शाम मंजिलों की दिखने लगेगी हो बनो साविर मेरा तुम हम सफेद बाबा हमारा, हमारा मिल गया जो तुम्हारा एक इशारा रातों को अब मेरी एक नई भोर दे निर्मल की अर्जी पे सांप गौर गे तेरे आस में तेरे पास हूँ मैं ले लो ना मेरी अब खबर वो बनो सांप मेरा तुम हम सफल